हेलो गाइस ओमनी साइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है आज आपको हम बताने वाले हैं कि हमारे पास टू लैपटॉप है ये टोसिवा सी 850 सौ है बहुत पुराना लैपटॉप है और ये लैनवो सी पाँच सौ लैपटॉप है बहुत पुराना लैपटॉप तो आज आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे जान सकते हैं यदि किसी लैपटॉप को आप खरीदने के लिए जा रहे हैं तो उसमें क्या चेंज हुआ आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर थोड़ा वैसा नजर आ रहा जिल झिलमिल सी नजर आ रही है आप देख सकते हैं लेकिन ये ओरिजिनल स्क्रीन है आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा इतना साफ नज़र आ रहा है और यहाँ पर झिलमिल नज़र आ रही है अब आपको लैपटॉप में देखना क्या है हाँ आप सीधा यहाँ पे जाइए पीसी पीसी में जाके कर आप यहाँ पर प्रॉपर्टी पर क्लिक कीजिए पी, पी सी पर आपको राइट क्लिक करना है राइट right क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टी पर जाइए प्रॉपर्टी पर जाने के बाद आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें कितनी रैम है कितना वो है तो इसमें चार जी बी रैम है और चौंसठ बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है चौंसठ बेस्ड प्रोसेसर प्रोसेसर है और आप देख सकते हैं विंडोज एक्टिवेटेड और विंडो टेन प्रो है तो आप इसमें देख सकते हैं और जो आपका प्रोफेसर है यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटल आर प्लेटिनम सी बीन 950 इसका जो प्रोसेसर है, 2 एक का है 2 टू पॉइंट दस है टू पॉइंट प्रोसेसर होते हैं तो आप यहां से देख सकते हैं और यदि आपको हार्ड डिस्क चेक करनी है तो हार्ड डिस्क आप चेक कर सकते हैं मैनेज पर जाइए यहां पर राइट क्लिक कीजिए और राइट क्लिक पर करने के बाद मैनेज पर जाइए मैनेज मैनेज पर गए और यहां पर आपको खुलेगा हार्ड डिस्क का वो क्योंकि कितनी हार्ड डिस्क है सर। वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है आपको यहाँ पे क्लिक करना है स्टोरेज पर। डिस्क मैनेजमेंट डिस्क मैनेजमेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सब कुछ दिख जाएगा तो उसमें कितनी हार्ड डिस्क आप देख सकते हैं यहाँ पे दो जीबी अट्ठानवे हार्ड डिस्क है दो सौ अट्ठानवे जीबी आप देख सकते हैं कि ये इसमें दो सौ तीन की हार्ड डिस्क है इसमें और तीन जीबी बीस जी बी हार्ड डिस्क है तो दो सौ ये शो कर रहा है आप देख सकते हैं यदि अनलोकेटेड है मतलब कि ये कंप्यूटर में आपके में नज़र नहीं आ रही तो ये ब्लैक आएगा प्राइमरी है तो ये ब्ल्यू आएगा यहाँ पे ग्री आएगा एक्सटेंट पार्टीशन फ्री स्पेस है लॉजिकल ड्राइव है तो लॉजिकल ड्राइव ये लॉजिकल ड्राइव है हमारी दो जो लॉजिकल ड्राइव है हेल्थी और हेल्थी प्राइम सेक्शन ये लॉजिकल ड्राइव है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है और विंडो 10 है आप चेक कर सकते हैं कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा तो आप भी ये भी चेक कर सकते हैं कि गाव कर, कर चेक कर सकते हैं और ये हमारा Lenovo C पाँच सौ साठ येरा इसका हम दिखा सकते हैं इसमें क्या है आप यहाँ पर जाइए माई कंप्यूटर प्रॉपर्टी में जाइए विंडो सेवन पढ़िए विंडो 7, विंडो 7 अल्टीमेट है विंडो 7 अल्टीमेट दो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। और आप देख सकते हैं विंडो एक्सपेंसिव इंडेक्स इसमें 2.0 पॉइंट जीरोगर्ज का प्रोसेसर है दो जी की रैम है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडो इज एक्टिवेटेड आप ये देख सकते हैं मैनेज पे जाके जाकर आप चेक कर सकते हैं कि इसमें कितनी हार्ड डिस्क है थोड़ा तो टाइम लेगा क्योंकि एक आपकी आ चुकी है हार्ड डिस्क स्टोरेज डिस्क मैनेजमेंट आप देख सकते हैं डिस्क मैनेजमेंट लोडिंग डिस्क आप यहाँ पे देख सकते हैं पांच जीबी की हार्ड डिस्क के इसमें चार दिखा रहा चार सौ मतलब कितनी गुल कर गया ये कर गया पैंतीस जी गोल कर चुका है 35 जी नहीं दिखा रहा है बेसिक दिखा रहा है ऑनलाइन है जो स्वयं भी अट्ठान पंट जी बी एन पीटिस मतलब कि अट्ठानवे जी में विंडो है और एक सौ में फाइल्स हैं और इसमें भी फाइल हैं तो यही है इसमें सब कुछ और आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर कोई भी है डिवाइस मैनेजर है मतलब यहाँ पे आप ड्राइवर चेक कर सकते हैं ब्लूटूथ कंप्यूटर हार्ड डिस्क ड्राइवर डिस्प्ले एडिप्टर कीबोर्ड माइक मॉनिटर नेटवर्क एडिप्टर तो आप ये भी देख सकते हैं ओके तो गाइज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें